नमस्कार दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है हम आपके लिए लाए हैं एक और नई वीडियो जिसमें आप सीखेंगे कि आप घर बैठे फ्री में अपना सिविल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर इसके लिए आपको ओपन कर लेना है Google जैसा कि हमने गूगल यहां ओपन कर लिया है और यहां पर आपको सर्च करना है सिबिल स्कोर फ्री यहां पर सर्च हो गया आप नीचे स्क्रॉल करेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे यहां पर आपको ऑप्शन एक आएगा पैसा बाजार डॉट कॉम यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है यहां पर जैसे क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा यहां पर आप इसमें अपनी इंफॉर्मेशन डिटेल फिल करेंगे जो भी है जैसे कि मेल फीमेल में आप जो भी है मेल है फीमेल है मैंने मेल किया हो उसके बाद यहां पर आपका जो पूरा फुल नेम है वो फिल अप करेंगे उसके बाद आपको यहां अपना डेट ऑफ बर्थ देना होगा जैसा कि मैं दे रहा हूं इसके हिसाब से फिल करेंगे उसके बाद आपका जो एरिया पिन कोड है वो यहाँ पर मेन्शन करेंगे उसके बाद आपका जो पेन नंबर है पेन कार्ड नंबर वो यहाँ पर डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी आई डी एक ई मेल आपको एक डाल देना है जैसा कि मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ वहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है जैसा कि मैं यहाँ मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ जिस पे वो एक ओ आएगा तो आप ओ टी पी यहाँ पर फिलअप करेंगे जैसा कि ओ टी को मैं वेट कर रहा हूँ अभी तक ओ आई नहीं है जैसे ओ टी आ जाएगी हम यहाँ पर ओटीपी यहां पर डाल देंगे ये देखिए हमारी ओटीपी आ गई है यहां पर हमने ओटीपी डाल दिया हूं अभी कुछ ही समय में हमारा स्किल स्कोर आप लोगों के सामने आ जाएगा ये देखिए हमारा जो सिविल स्कोर है यहाँ पर आ गया है जिसमें एकफ एक्स में सात है क्रिफ्ट में 727 है और एक्सपीरियन में आठ है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है जो कि लोन लेने के लिए अच्छा स्कोर है ऐसे आप भी अपने घर मोबाइल से अपना स्कोर सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं और अगर आपका स्कोर अगर ख़राब है तो यहाँ से इनकी जो पेड सर्विसेज हैं लेकर उनसे अपना जो सी स्कोर है उसको इंप्रूव कर सकते हैं तो यहाँ पर इनके और काफ़ी सारी बेनिफिट है जिससे आप इनका लाभ ले सकते हैं कि देखा जैसे आपने कुछ ही मिनट में अपना सील स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं आपने सीखा अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंटमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए जिससे हमारे हमको मोटिवेशन मिलती रहे आगे वीडियो में बनाने के लिए तो चलिए अब हमको इजाज़त दीजिए मिलते हैं हम अगले एक वीडियो में फिर तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत करते हैं और शुभकामना करते हैं कि कि आप एक अच्छे यूट्यूबर एक सपोर्ट करेंगे जो कि अगर जो भी हमारी कमियां हुई उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद